बच्चों को बेसिक इंग्लिश वर्ड सिखाने के लिए ये खेल खेला जा सकता है इसमें उन्हें गोलाकार खड़े रहने के लिए कहे और फिर हम जैसे वर्ड्स बोलेंगे बच्चों को वैसा करना पड़ेगा इसमें पहले हिंदी में और बाद में इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं राइट लेफ्ट राइट राइट